के जो तोड़ दिए वादे दे सपने क्यों I'm oh, not afraid. पर हर सवाल बना मेरा मुझ व्यवारी पड़ा प्यार की आस में एक सजा बन गया देखते देखते क्या से क्या शिया तुझ में देखा जा तुझ पे ही मानता जो मेरी है खुदा से दुआ ज़िंदगी को मेरी तू मेरा दे सदा काश सोच मुझे छोड़ के जो